जय महादेव महादेव मंदिर पसंद आया हो तो लाइक और सब जरूर करना दोस्तों गायक कलाकार एंड जितेंद्र चौहान ग्राम सबने साले हाट वाले and ragetar vasale and ragetar jo anjan jabne talar vale va saraswati recording shun pagro job jalum ulloi vijay director prakash bamne tarane ga gerya be riya khelam जब चैनल बिलाम अजदान दो में आ गया मंदिर फलिया महादेव घा घर बिमोलवा थोड़े गारंस तुझे तुझे सुव परे लुपूरे बदुत गाटाई का करे वो पानी भरने जाये बदुत हंडल फुली आई वो पुरी ने मैं कपड़ा गाड़ने मुंडोग रखोरी वो कामे नगाटाये बदुत तेरे मस्जिद को जुड़े वो मैंने पाड़े न नाम में चौहान नाव If you want. चलो ने मै कपल गारे डेवा बलागाड़ी ना मुंडो तो गुरकरे वाँ कामना गाता है वह दोस्त तो तेरे मजित कर चुड़ेवा देवा